तो हेलो गाइज एक एंटरप्रेन्योर कार्टूनिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर यहां आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था 1919 में एक बार के लिए काम करते हुए उन्हें अखबार के सीईओ ने निकाल दिया क्योंकि उनके पास इमेजिनेशन की कमी थी और उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं थे जनवरी उन्नीस में इन्होने एक अन्य कार्टूनिस्ट के साथ एक छोटी सी कंपनी बनाई बाद में हालाकि इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो हासिल कर लिया जो सफल रहा स्टूडियो का प्रोफिट वर्कर्स को दिए जाने के लिए कम था इसके बाद इन्होंने फिल्म स्टूडियो ओपन करने का सोचा इन्होनों कार्टूनिस्ट व्यवसाय में उनकी पहली बड़ी सफलताओं में से एक थी लोग अपना बेग पेक करके रोते हुए घर लौटते हुए दिखाई देते हैं, जो कि न्यूनतम मजदूरी करना पसंद करते हैं। इस नीटर युवक ने अपना सबसे सफल कार्टून मिक्की माउस बनाया जी हाँ गाइज ये वॉल्ट डिजनी है जिनकी एप्लीकेशन और स्टार डिजनी के नाम से भी यूज करते हैं